हर गरीब परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है आपकी फैमिली में आप वो इंसान हो सकते हो नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने दुखी हो कितने उदास हो कितने टूट चुके हो इसलिए आपका काम केवल एक ही होना चाहिए कि आप किसी भी हालत में अपना काम ना छोड़ो जिंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह है बैलेंस तभी तक रहेगा जब तक आप चलते रहोगे जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे किसी की दया और एहसान के सहारे आप जिंदगी ज्यादा दिन नहीं जी सकते इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी जिंदगी जीना जारी रखिए हर बार बहस करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता आप चाहे तो सीधा यह भी बोल सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं उम्मीद और भरोसे में सबसे बड़ा फर्क यही है कि उम्मीद टूटने से आप उबर सकते हो लेकिन भरोसा टूटने से नहीं जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है तो खुद को एक चीज जरूर याद दिलाएं कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह रही है अगर आपका बचपन यादगार नहीं रहा है तो अपने से छोटों का बचपन यादगार बनाएं क्योंकि जिस तरह से आपके पास में एक ही बचपन था उसी तरह से उनके पास भी एक ही बचपन है बूढ़े होने पर एक बात की शांति जरूर होती है कि हम जवानी में नहीं मर रहे कभी कभी सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है जितना आप अपनी टेंशन को सीरियसली लेते हो उतना सीरियसली आपकी टेंशन को कोई नहीं लेता और इसलिए आपको भी टेंशन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि टेंशन करने का नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी सोच समस्या की बजाय उसके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए नफरत करने वालों के लिए जिंदगी बहुत छोटी है इसलिए नफरत करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर अगर आप पहली बार में सफल नहीं हो रहे हैं तो आप में और महान लोगों में एक बहुत बड़ी समानता है क्योंकि वो भी पहली बार में सफल नहीं हुए थे चाहे आज आप कितना भी पैसा कमा रहे हो आपको अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जरूर बचा के रखने चाहिए कितने ताजुब की बात है ना इस पूरे ब्रह्मांड में आज हम उस जगह उस पल में जिंदा हैं जिस पल में हम कुछ करना चाहते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना आपका काम नहीं है अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपका काम कौन करेगा अगर आप बिना बूढ़े हुए भविष्य में जीना चाहते हैं तो अपने से बड़ों के साथ समय जरूर बिताए क्योंकि अनुभव उम्र के साथ ही आते हैं आपकी खुशी के मालिक केवल आप खुद हैं माफ करना सीखिए केवल वही माफ कर सकता है जो सही होता है और अपने इस सहीपन को माफ ना करके गलत मत ठहराइए इंसान खुद की गलतियों पर तो खुद का वकील बन जाता है लेकिन दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकालें क्योंकि ऐसा करने पर वह आपसे नफरत करेगा लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में कमी निकालने पर वह आपको नफरत करने की बजाय आपको शुक्रिया कहेगा बहुत बार ऐसा होता है जब आपको लगता है कि आप हार रहे हो पर वास्तव में आपको तब यह नहीं पता होता है कि आप उस वक्त सफलता के कितने पास हो इस दुनिया की सबसे सुंदर चीजों को देखा और छुआ नहीं जा सकता उनको केवल महसूस किया जा सकता किसी इंसान के वास्तविक रूप को अगर जानना है तो उसे केवल इतना कह देना कि मैं अभी समस्या में हूं कोई अकेला रहता है तो कोई अकेला रह जाता है इस मतलब की दुनिया में चार लोग आपके साथ तभी अंत तक चलेंगे जब आप मर चुके होंगे पूरी जिंदगी ये सोचकर ही निकाल दी कि यह काम करूंगा तो चार लोग क्या कहेंगे ये काम नहीं करूंगा तो चार लोग क्या कहेंगे जब मौत हुई तो समझ में आया कि चार लोग केवल राम नाम सत्य ही बोल सकते हैं आपके झुकने से कोई रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ पर फिर भी हर बार आपको ही बिना गलती के झुकना पड़े तो भाई रुक जाओ ना तो मुश्किल घड़ी आने पर फिसलिए और ना ही अच्छी घड़ी आने पर उछलिए अजीब दुनिया है पत्थर के बेल को पूजा जाता है और जिंदा बेल को डंडे से मारा जाता है एक समय था जब बचपन में संडे को बहुत सुकून मिलता था और अब है कि उसमें भी मिलावट हो गई है काश थोड़ा वक्त भी होता उन लोगों के पास जिनके पास रिश्ते तो हैं पर रिश्तों के लिए समय नहीं जीवन की सबसे जरूरी सीख कभी भी किताबों से नहीं मिलती परेशानी में किसी को सलाह की नहीं बल्कि साथ की आवश्यकता होती है अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो बिन मांगी सलाह भी मत दीजिए अगर आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नजर नहीं आता तो आप केवल खुश रहना सीखिए आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा रही बात बीच की तो उसमें आपको खुद खुश रहना सीखना पड़ेगा दाम से ज्यादा कीमत लगाना सीखिए इस दुनिया में शीशा ही एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं हंसेगा अगर आप रो रहे हो तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ नहीं करें इससे बेहतर है कि खुद को मजबूत बनाने के लिए काम करें नीचे गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है शर्म की बात तब है जब आप गिरकर भी नहीं उठते योद्धा केवल जीतने वालों को ही नहीं बोलते योद्धा केवल उसको बोलते हैं जो लड़ते हैं अगर आपको बार बार लोग दुख पहुंचाते हैं तो आप माफ करना सीखिए मुश्किलें एक पहाड़ की तरह जब आप हर मुश्किल का सामना करके वहां तक पहुंच जाओगे तभी चारों तरफ के नजारे का आनंद ले पाओगे हर रोज अपने आप को एक चीज याद दिलाए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी हार्ड है बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप हार्ड है या नहीं कोई आपकी निंदा करे, तो आप बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है हमारा खुद का वास्तविक रूप हमें कहीं मिलता नहीं है बल्कि बनाना पड़ता है आपको यह तो पता है कि आपका दरवाजा बंद है लेकिन आपको यह नहीं पता कि उस वक्त कितने और दरवाजे खुले हैं हमेशा वो काम करें जो सही है वो ना करें जो आसान है अगर आपको उन कामों को करने के लिए समय नहीं है जो सही है तो कम से कम उन कामों को ना करें जो गलत है दूसरों से अलग होने का मतलब गलत होना नहीं है यादों के साथ मरे ना कि इरादों के साथ पुरानी चाबियों से नए ताले नहीं खुलते रिश्तों को गलतियां नहीं बल्कि गलत फहमियां खत्म कर देती है आराम करना और कुछ समय ब्रेक लेना तो एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन घुटने टेक लेना और हार मान लेना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए जीवन में इन दोनों शब्दों को अगर आपने सही समय पर कहना सीख लिया तो कभी पछतावा नहीं होगा पहला है यस और दूसरा है नो आपके विचार ही आपकी सीमा है आप चाहे तो दयालु हो सकते हैं क्योंकि दयालु होने का पछतावा आपको कभी नहीं होगा सपने सच करने का सबसे पहला कदम है सपने देखना जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने माफ करना और माफी मांगना दोनों सीख लिए हैं तो कठिन दिनों की परिभाषा क्या है वो दिन जो आपको मजबूत बनाते हैं अगर लोग आपके लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे तो इसका मतलब यह है कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं जिंदगी का मतलब खुद को ढूंढना नहीं है जिंदगी का वास्तविक मतलब है खुद को बनाना तकलीफ उन लोगों से नहीं होती जो साथ नहीं देते तकलीफ उन लोगों से होती है जो साथ देने का दिखावा करते हैं